तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है जहां एक बार फिर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है इस भिड़ंत से हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है सिंगरौली जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई मोरवा से गोरबी की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रास्ते में जा रहे एक ट्रेलर से टकरा गई जिससे स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो चालक को गंभीर रूप से चोटी आई है वहीं दो अन्य लोग भी घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है डीएसपी शिवकुमार वर्मा ने बताया कि हादसा काफी भीषण था लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है हां, ये करीब साढ़े ग्यारह बजे की बात है स्कॉर्पियो बहुत तेज तेज से दिखाई दे रहा है घटनास्थल पर स्कॉर्पियो खत्म हुआ जिसमें तीन लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए तीनों को तत्काल पुलिस मौके पहुंच गए थे और उन तीनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है तीनों नेहरू अस्पताल में दाज रहा था